नमस्कार फ्रेंड्स मैं ऋषि अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सो so, फ्रेंड्स आज हम लोगों का जो बात होनी है वो होनी है यू टेट रिज़ल्ट यू पी एस रिज़ल्ट इसके अलावा यूपी लेखपाल की जो कट ऑफ आनी है उसके बारे में इसके अलावा जो हमारी शिक्षक भर्ती आनी है इन चार चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे कि ये सब क्यों लेट हो रही है इसकी भर्ती और जो रिज़ल्ट आना है वो क्यों अटका हुआ है सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले यू से जो यू का रिज़ल्ट है वो एक या दो दिन में आपका आज जारी हो जाएगा क्योंकि जो मंत्री जी थे उन्होंने अपनी कुर्सी अब संभाल ली है वो विभाग में कार्य अपना देख रहे हैं उन्हें एक दो दिन का टाइम लग सकता है सो so, रिजल्ट यूपीटेट का जो है वो तैयार रखा हुआ है केवल उन्हें शासन की जो परमिशन लेनी है उसका इंतजार है जैसे ही परमीशन शासन की मिल जाएगी आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं रिजल्ट बिल्कुल तैयार है और बस केवल उसे शासन की अनुमति का इंतजार है जैसे ही अनुमति मिलेगी आपका यू का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा अब आते हैं यूपीएसआई का रिजल्ट यूपीएसआई का जो रिजल्ट्स है उसकी सूचना ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो पंद्रह अप्रैल से पहले जारी कर दिया जाएगा उसमें कुछ जो रिजल्ट्स आपका यूपीएसआई का है उसमें भी कुछ अनियमितताएं हैं वो दूर करने की कोशिश की जा रही हैं उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा अब आज बात करते हैं हम लोग अपने जो यू जो पैट हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में क्योंकि यू पी भर्ती उस पैट वजह से अटकी हुई है तो उसकी जो कडॉप आनी है वो पंद्रह अप्रैल से पहले ही आएगी यूपी ट्रिपल एससी सी का जो कैलेंडर आना है वो जो अप्रैल के पहले सप्ताह में आना है तो उसमें जितनी भर्तियाँ एन की हैं यूपी पी लेखपाल की है जो री एग्ज़ाम होना है बी का उसकी सभी डेट क्लियर कर दिए जाएंगे क्योंकि जो आपका जो लेखपाल है वो जून जुलाई में होगा इसके अलावा जो हमारा बी है उसकी अगस्त में परीक्षा हो सकती है इसके अलावा जो सुपर टेट है वो जैसे ही आपका यू टेट का रिजल्ट आएगा उसके जस्ट उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी जो आपकी भर्ती आनी 17000 की उसमें पद बढ़ भी सकते हैं क्योंकि तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपके साठ से अधिक पद यूपी बेसिक में खाली हैं तो आप तैयारी में लगे रहिए उसके अलावा जो कल आपकी आर, आर जो एनटीपीसी टी का था उसकी भी रिजल्ट रिजल्ट जारी कर दिया गया है उसका जो अगला कार्यक्रम है जो अगला पेपर होगा सी बी वो जल्द उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा तो पल पल की जानकारी अगर आपको चाहिए सभी भर्तियों के बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले आपको इन भर्तियों के बारे में रिजल्ट्स के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी जो बिल्कुल विश्वसनीय होगी बिल्कुल सही होगी आपको किधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं बताई जाएंगी जो सच्ची बात होगी वो आपको बिल्कुल यहां पर बताई जाएगी तो ईपीडेड रिजल्ट्स इसके अलावा जो भर्तियां हैं उनकी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो होगी